असलकम वाली वरक माज नाजरीन कराम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी वीडियो जो आपके दिलों में मजीद ईमान की अज़मत को बिठा देगी और इस बात को मजीद तक़वीद देगी कि बेशक सच्चा मजहब इस्लाम ही है बेशक अल्लाह ताला ने हर दौर में ऐसे मुआजात के जरिए इस्लाम को तकवीद दी है कि जिनसे साबित होता है कि बेशक सच्चा मजहब दीन इस्लाम ही है तो मासद नाजरीन कराम हाल ही में एक रूसी जादूगरनी जो अपने जादू में इंतहा माहिर मानी जाती है इसी वजह से उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसे टीवी पर बुलाया जाता है और जब उससे इंटरव्यू के दौरान ये सवाल किया जाता है कि कोई ऐसी शख्सियत या हस्तियां हैं कि जिन पर जादू करने में आपको इंतहाई मुश्किल पेश आई हो तो वह वाजह तौर पर कहती हैं कि मुसलमान ही वो लोग हैं कि जिन पर जादू करने में मुझे ये महसूस होता है कि कोई ताकत उन पर जादू करने से मुझे रोक रही है और ये भी कहती है कि उनका खुदा मुझे है लगता है कि बहुत मेहरबान है हाँ मेरे ऊपर नहीं क्योंकि जब मैं उन पर जादू करने लगती हूँ तो मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है लेकिन अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है क्योंकि वो नमाज के ज़रिए पांच वक्त अपने रब के साथ जुड़े रहते हैं ना कि दूसरे मज़ाहब की तरह साल में एक दफ़ा या पाँच साल में एक दफ़ा चर्च जा वापस आ जाते हैं यही वजह है कि उनका खुदा उन पर इंतहाई महरबान है और उनकी हिफाज़त करता है आइए हम देखते हैं उस का एक ऐसी से लिया गया जो की मुसल कई सालों ऐसी काले जादू की प्रैक्टिस करती है वो अपने इस काम में माहिर है जब इंटरव्यू ने इसे सवाल किया की क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है की किसी शख्स आरोप चाह कर भी आप जादू ना कर सकियो या फिर इसमें आपको इंतहा मुश्किल हुई हो तो जवाब क्या था यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और आपको मुसलमान होने पर होगा कि बेशक अल्लाह का अपने पैगंबर पर उतारा गया एक एक पैगाम बिल्कुल हक और सच है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं क्योंकि इसका कहना था कि जी हाँ दुनिया के अंदर सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही हैं जिन पर चाह भी मैं जादू नहीं कर पाती क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनकी सोच इनका जिस्म, इनकी रूह सब पाक है वो पांच वक्त की नमाज पढ़ के अपने रब के साथ हमेशा रबते के अंदर रहते हैं इसीलिए मैं जब भी इन पर जादू करने की कोशिश करती हूँ कि शयातीन के जरिए इनके दिमाग पर कब्जा कर सकूं, तो कोई अनजानी सी ताकत का हल्का या कोई डोम इनके पास हर वक्त मौजूद मुझे ऐसा करने से रोकता है और मेरे मेरे लिए इस काम को मुश्किल बना देता है कि एक जिस्म जिस्म के अंदर भेजे हुए जिन्नात पर हमला कर उ who come to church only when everything is bad in their life they come to pray and then for 5 years they forget about god some canons and so on Muslims as a rule passionately believe and passionately give energy to their egregore and this egregore protects them very well ye log hamesha egregore se rabte mein rehte hain egregore aise rohani taqat ko kehte hain jo ke inhe har waqt dekh rahi hai inki hifazat kar rahi hai yani khuda ki zaat इसका मजीद कहना था की क्यूँकी मुसलमान लगातार अपने खुदा ऐसी रे रहते हैं तो मुझे वक्त ही नहीं मिल पाता की कि इन्हें किसी गुना के अंदर उलझा सकूँ ये लोग इन लोगों ऐसी बिल्कुल मुख्तलि है जो की हफ्ते में एक बार चर्च आकर अगले पाँच साल बाद दोबारा वहाँ आरोप चक्कर लगाते हैं क्यूँकी मुसलमान हर वक्त अपनी दुआ की सूरत में एक अनर्जी अपने रब के पास पहुँचाते रहते हैं और बदले में इनका खुदा न सिर्फ इनकी दुआओं को सुनता है बल्कि इनकी हफाजत भी करता है और इनकी दुआओं का जवाब भी देता है इसीलिए इनके दिमागों पर कब्जा करना इंतहा मुश्किल है इंटरव्यूअर ने अगला सवाल किया कि कि कि कि क्या तुम्हें लगता है है? है इनका खुदा मेहरबान और अच्छा है। इसका जवाब था जाहिर मेरे लिए तो नहीं पर इनके लिए हां बिल्कुल है क्योंकि मैं जब भी इन लोगों पर असर अंदाज होने की कोशिश करती हूं तो कोई चीज़ मुझे बाहर लाकर फेंक देती है मैं किसी भी शख्स को इमेजन या तस्वूर करके शयातीन की मदद से इसके दिमाग पर कब्जा कर सकती हूँ मगर जब भी किसी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बारी आती है उसका तस्वूर ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग से मिटा दिया जाता है मैं नहीं जानती की कैसे और ये बात करती है कि वो शख्स किसी की हिफाजत में है। तो नजरीन कर उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को देखने के बाद भी वही ईमान की हलावत मजीद महसूस हुई होगी जो हर मुसलमान को देखने के बाद होती है बेशक अल्लाह ताला ये फरमान सुरह माह में इस वीडियो से साबित हो जाता है कि और दीना, कि तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर दिया है एमत महम्मद दिया इसके साथ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा अल्लामक वरहि वर्काता